नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गोसाल मखी चैनल पर भाई कैसे हो आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम आपके तरफ से लिए आएँ हैप्पी है न्यू ईयर और आपको दिल से हैप्पी न्यू ईयर आप लोग भी कमेंट में दे दिए जे आ आप लोग हमारे कमेंट में दे दीजिएगा हैप्पी न्यू ईयर लिख दीजिएगा मुझको बहुत खुशी होगी और मैं एक शायरी बोलने वाला हूँ क्योंकि ये मैं बनने को पहता हूँ शायरी देखिए पहले एक बंदे को थोड़ा डेमे दिया तो भाई एक बंदे को डेमत दिया इसलिए हमको रस करना पड़ा है तो एक बंदे को डेमत दिया फिर उसके पीछे हम पड़ गए उसके पीछे पड़े और भाई वो पता नहीं जादू बंधक टूटा करके मैं मिल गया फिर थोड़ी सी गोली दी उसके बाद फिर मैं इसको रस कर दिया भाई और भाई रस करने के बाद बहुत ही बहुत तो कष्ट में जाड़े का भी मज़ा ले रहे होंगे बहुत कष्ट में था इसलिए इसको पीन दिया और भाई सारी है कि सिक्रेट जला के धुआँ उड़ा दिया तेरी मोहब्बत को पबजी खेल के फुला दिया तो बहुत सारी के लिए भी लाइक कर देना भाई प्लीज़ यार और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाओ और हमारे सब्सक्राइबर होने वाले हैं बस तुम बढ़ाओ और भाई हम यहाँ पे एक बंदों को पहलते हैं दूसरे बंदों को जब पूरा पेलते हैं तभी मज़ा आता है हमको पहलने में तब मज़ा आता है आजकल के लिए हमारे बंदों को पहलना बहुत आम बात हुई ज़्यादा खेलते हैं इसलिए आपको लिए गेम प्ले बहुत अच्छा लाते लेकिन आप लोग तो कमेंट में लाइक वाइक नहीं करते और भाई हम यहाँ पे मिनी ले, ले लेते हैं और किट किटकटै हाँ ले लेते हैं भाई ज़्यादा कुछ नहीं लेते क्योंकि हम ज़्यादा कुछ चलाते नहीं अमीर आदमी नहीं तो हम मतलब पबजी में अमीर आदमी नहीं ज़्यादा कुछ और यहाँ पर दूसरा बंदा स्कूल ज़्यादा कष्ट न देते हुए स्कूल देते हैं मिनी से और यहाँ पर हो जाते हैं इसी के साथ जा यहाँ से काट के आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा एमओ वमो उठा लेते हैं क्योंकि लूट वूट करना ज़रूरी है वरना बंदे पेल के पेल पाल के रामपाल बना सकता है तो आप लोग जानते ही होंगे तो आप लोग जितते जितते पबजी खेलना चाहते हैं मेरे साथ तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ लेकिन मैं दे नहीं पाता लेकिन अगले वीडियो में ज़रूर दे दूँगा आई नंबर ठीक है तो भाई मैं यहाँ से बग्घी लेता हूँ फिर अपने टीमेट को बुलाता हूँ निकलता हूँ क्योंकि बंदे सामने बहुत ही हल्ला मचा रहे थे हल्ला मचाने के लिए हवेली में घुसना ही पड़ा तो भाई बहुत ही हवेली थी इसलिए हम थोड़ा सबर करके घुसते हैं तो भाई पहले बर्फ बाहर वाले बंदे को खेलते हैं क्योंकि एक बंदा बहुत ही मानने के लिए माहिर था तो इसको मेरे टीम ने फेल दिया फिर भी कोई बात नहीं मैंने भी उसको फेल दिया मतलब टीम ने पूरा फिनिश कर दिया तो आप लोग जल्दी से मिलकर सब्सक्राइब करो लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और फिर हम इस बंदे को क्योंकि ये भी कष्टदायक था क्योंकि हम यहाँ पे रिलोड करते हैं और भाई इसके पीछे तो तो खराब नहीं बन जाते हैं पूरा एम पी लाइन से और दूसरा ऑनलाइन का स्टॉल के लेके आते हैं तो हम जिनको स्टॉल की थी ऐसी वैसी तो हम यहाँ पर भी क्योंकि मिनी जैसे ख़राब बंदी थी इसलिए हम जो के नहीं एकम उठा देते हैं तो एक क्योंकि एक एम उठाना जरूरी था क्योंकि हमारे पास ऑटोगर नहीं थे आप लोग समझते हो और ऑटो का आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर दिल से दो बार आप तो तीसरी बार बताऊंगा फिर मैं एक बंदे को पहल के फिर से आपको मज़ा दिलाना चाहता हूँ तो शायद के लिए भाई लाइक वाइज वाइकते थे और दूसरे कर्रा के पहलते हैं क्योंकि उसको छोड़ना नहीं था हमारे यहाँ पे हो जाते हैं नौ किल और फिर बंदे हमारे अंदर घुस आते हैं तो भाई बहुत कष्टदायक होता क्योंकि दोनों के पास होती है एस ट्वेल्थ तो भाई दूसरा देता भाई प्लीज इसी के लिए तेल ताल के हमको देखो वो पहले तेल लगाता है गन में फिर हमारे पता नहीं सांडे का तेल लगा के पेल देता है तो भाई कोई बात नहीं उसके भी पेलेंगे सांडे का तेल लगा के अपनी गन में हम लगाए नहीं थे इसलिए हम लगाएंगे पहले हील लगाते हैं उसके बाद लगाएंगे उसके बाद पेल देंगे तो बस देखते रहिए लास्ट तो कितना मज़ा आएगा क्योंकि हमारा बहुत दिल है बहुत अब लोग समझ सकते हो हम कितने दिल करते हैं पेलते हुए ये बंदा इसलिए नहीं पिल रहा था हमसे क्यूँकी ये जादू टोना करके आया था इसलिए हम इसको पूरा खिलाकर देते हैं तो पूरा ही खेलना है तो हम क्या करें फिर हिलिंग कर हैं रस पुस जिसको कहते हैं पुस एंड पा और जितना मैं बोलता हूँ उतना तो न्यूज़ बोलो का ही होगा लेकिन आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो हम यहाँ पे अपने टीममेट को रिवाइव दे दें उसके बाद हमारे हो जाते हैं किल ग्यारह और बंदे बजते हैं सोलह तो बस देखते रहिए और एक हम हमारे पास हीलिंग नहीं थी बंदे को हीलिंग देते हैं अपने टीम को कुलचौर जी जानते हो कि हर मैच में पता नहीं क्या करा करते हैं और लूट किया करते हैं बस पिल जाते हैं ठीला तो हम यहाँ पे ग्यारह किल के लेकर कर बारह करते हैं हम यहाँ पे फिर आगे आगे बढ़ते रहते हैं किल हमारे हो जाते हैं किल बहुत सारे क्योंकि अगर ठगला किल बहुत ज़्यादा जरूरी है वरना आप लोग शर्म के मारे भाग जाओगे तो हमको करना बहुत जरूरी होता है इसलिए हमारे किल हो गए ग्यारह बंदे बचे हैं बारह तो आप लोग समझ सकते हो कि हम पेलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे नेट फंस गया था को सब आप लोग समझ सकते हो नेट फंसने पे डॉन भाई ज़्यादा नेट जिसके वहाँ फंसता है गांव वाँव में तो भाई वहाँ पे बहुत कष्टदायक होता है तो मैं इस बंदे को फैलता हूँ क्योंकि आप जो बी नहीं जुड़ता पहली बात ये पता नहीं क्या कर दिया पबजी वालों ने मतलब बैन हो गया तब से बी नहीं करता बी पी से नहीं चलता गाँव वाले कुछ जहाँ नेटवेट नहीं चलता है वहाँ पे, सब लोग खेलना बहुत कम कर दिए हैं इसलिए पबजी जब से बैन हुआ तब तो से ट्रिक ज़्यादा चलने लगी है तो बस देखते रहिए हम इसके अंदर घुस जाते हैं और फिर यहाँ पे लेते हैं क्या मतलब हीलिंग लेते हैं और आप लोग आंखें गाड़ कर देखते रहिए वीडियो को मतलब वो आंखें आँखें गाड़ के नहीं आप लोग आंखें मतलब आँखें वीडियो पे लगा के देखते हैं तो हम यहाँ पर बंदों को पहले हल्का सा डे मत देते फिर बंदे दूसरे बंदे को हेड देते हैं तो हमारे टीम में जानते किचौर जी कितने शॉर्ट वीडियो में आप लोग देख ही चुके होंगे कितने चक्कर ये नॉक हुए हैं किचौर जी क्योंकि ये हमारे काम भी आ जाते हैं लास्ट में अच्छे लोग हैं किचौर जी इनके तरह हमको बहुत सारे बंदे मिल जाए तो हमारा वीडियो का कल्याण हो जाए फिर भी कोई बात नहीं हम दुओ खेल के वीडियो बनाते हैं तो आप लोग आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि हमको गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब करेंगे तो हम गिफ्ट देंगे और भाई मेरे टीमेट दो चक्कर ना हो चुके हैं आप गिनते रहिए कितने चक्कर नाख होते हैं चड्डी देख देख के इनकी चड्डी भी पहचान गए हैं हम फिर भी कोई बात नहीं ग्रनेड आता ऊपर हम नीचे आ जाते हैं हीलिंग लगाते हैं और फिर ये दूसरों की गलती दे रहे थे क्योंकि उन्होंने इसके खोल के पता नहीं क्या रिवाय पे आ गए थे खड़े खड़े हो गए थे इसलिए दूसरों की गलती दे रहे थे तो कोई बात नहीं मैं भी ग्रेड नीचे मारता हूँ बंदों बंदे आ रहे थे क्योंकि तो यहाँ पर मैं ग्रनेड मारता हूँ फिर बंदा एक घुसी ही जाते हैं बंदे दोनों तो भाई कोई बात नहीं बंदे घुसते हैं घुसने दो फिर भी हमको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हम बहुत ही खिलाड़ा हैं फिर से आप देख ही सकते हैं चड्डी पहचान चुके हैं और इनको फिर से रिवायत देने आते हैं ब्रो और फिर हम गिने मारते क्योंकि इस बार तो बंदे वो रस ही कर देते हैं रस करना बहुत बुरी बात है फिर भी रस कर देते पता नहीं क्यों और मेरी आधी ही लिंग चली जाती अपने गिटनेट से क्योंकि हम चूतिया कर देते हैं यहाँ पर हमारी लिंग ही लिंग आधी जाती और आता है बंदा बड़ी आराम से फिर भी आता है फिर हम यहाँ पे स्टॉल के तीन चार अंधेरे में चला देते हैं कोई बात नहीं हमारी यार एक तो नौकर देती दूसरा हमारी बहन आ जाती जा। है तो बहन को हमारे चाचा नौकर देता है मतलब टीम मेड नौकर देता है वही समझो कुछ समझो ही तो हम यहाँ पे हिल लगाते हैं मेड किट और फिर हम बाद में देखते हैं क्योंकि तो आप लोग देख रहे होंगे आंखें काँट कर तो हम लोग ज़्यादा टेंसन नहीं दिलाते हैं आपको और हमारे यहाँ पे किल हो जाता है पंद्रह और बंदे बचे हैं दो तो आप समझ सकते हो चिकन डेणा हमको निकालना ही होगा बहुत आराम से तो बस इसको देखते रहिए लास्ट तक तो भाई यहाँ पे जोन बनने वाला था क्योंकि लास्ट का जोन था स्टेट डिस्ट्रिक्ट में बना है बहुत खतरेदार हो गया फिर भी कोई नहीं गुले में बनता उससे तो अच्छा ही है और भाई इसकी गोली ये बहुत सारी मारी लेकिन दिखा रहा है एक इसका पाँच सौ गोली मारी तब मरा है भाई साहब देख सकते हो आप लोग पूरी खर्चा कर दिए एम ओ की तो कोई बात नहीं हमारे टिमू फिर से मिलते हैं आप देख सकते हो देखना भाई कितने चक्कर पी चुके हैं आप लोग समझ सकते हो इतना हम रोना चाहते हैं अरे इतनी चक्कर पी चुके हैं कोई बात नहीं फिर भी हम इनको डिवाइव देते रहेंगे और हमारे यहाँ पे किल हो जाते हैं सोलह बंदा बच्चा है एक आप लोग समझ सकते हो कि आप इसको हम पेलने जा रहे हैं बहुत ही कर्रे से ठहलाते हैं फिर देख सकते हो और इसमें दुनिया माता कभी एनमी नहीं बोलता तो कोई बात नहीं हम इनके अंदर घुस जाते हैं तो अंदर जब से घुसते हैं तो पता नहीं किधर जादू मंत्र चोला करके गायब हो जाते हैं तो कोई बात नहीं हम भी उनके बाप हैं तो हम कोई बात नहीं हम यहाँ पे लूट उट करते हैं और फिर हम यहाँ से निकल निकलते नहीं मतलब बंदे को पी और, से और हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हैप्पी न्यू ईयर और बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और सत्रह गेम प्ले लेके आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हमारे साथ खेलने के लिए अगले वीडियो में हम लिंक देंगे तब तक के लिए इन्जॉय करें और टाटा बाय बाय सी यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें टाटा